हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल के श्याम में और आज सीखते हैं कुछ न्यू जैसे कि दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए आज हम बनाएंगे वॉल पेपर और वॉल पेपर में अभी तक हमें लेसन फर्स्ट और सेकंड में जो टूल्स यूज कर हैं उन डी टूलों का यूज करेंगे और साथ में एक टूल का और न्यू यूज हम बताएँगे ठीक है तो करते हैं स्टार्ट तो स्टार्ट करने के लिए बॉक्स से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने आपको पहले बार लेशन में सिखाया है राउंड कर देंगे और अभी इसको कल से पकड़ेंगे और ओल्ड के साथ इसको नीचे की तरफ राइट क्लिक कर देंगे डबल हो जाएगा थोड़ा सा राउंड करेंगे हम इसे भी हम डबल कर लेंगे थोड़ा राउंड कमाएंगे सेम इसको कोई समय लेके आ जाएंगे और तो जैसे कि मैंने आज बताया था हम एक नए टूल का यूज करेंगे नए टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कलर फिल करने के लिए और यहाँ इसको ऐसे करना पड़ेगा बताएंगे और यहाँ पे हम कोई हम निचे एडिट टूल बार के अंदर जाएंगे और टोल बार में नीचे की साइड जब जाएंगे तो हमें एक टूल दिखेगा लाइव पेंट बकेट टूल फुल नेम ये है वैसे आप इसे शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं के तो हम इसको केक के यूज़ करेंगे के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बकेट बन के आ जाएगी बकेट को फिल ऐसे ही करेंगे तो देखिए आपको कुछ नहीं दिखेगा तो इसको कंट्रोल चेट कीजिए और कलर को फिल करने के लिए पहले इस जगह पर फिल एक्स में आप कोई भी कलर फिल कर दीजिए इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं अभी एक कलर आ गया तो आपको बस नॉर्मली क्लिक एंड क्लिक एंड क्लिक जस्ट आपको पूरे बुक्स फिल कर देने हैं इससे क्या होगा इससे अभी आप देखते जाइए लास्ट में क्या होता है पूरा सिलेक्ट कीजिए लाइन हटा दीजिएगा लाइन हटाने के बाद आप इसको हम इसको कलर चेंज करेंगे क्योंकि दिवाली के लिए कुछ बना रहे तो कलर भी हम अच्छे वाले यूज करेंगे ब्राइट कलर इसकी अपडेट हेल्प करेंगे और लास्ट आउट हाइट करेंगे हाइट आउट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसे इन बल्ट कर देंगे इन बैल्ट करेंगे एंड अभी हम रोटरी का यूज करते हैं रोटरी टूर और यहाँ पे एक छोटा सा डोर दिख रहा होगा मैं इसे आपको जुम करके दिखाती हूँ जब हम रोटेट टोल यूज करेंगे यहाँ पे ये छोटा सा जहां मेरे घर से छोटा सा ये डॉट डोल दिखेगा तो आप इस डॉट को क्या करेंगे तो, तो, कटा का, के सेंटर में रख लेंगे इस तरीके से ऑट के साथ राइट क्लिक कर देंगे राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कंट्रोल डी करना है ये हमारा ये फ्लावर बन रेडियो थे गया अभी इसी फ्लावर से हम पूरा डिजाइन तैयार करेंगे इसे ग्रुप कर लेंगे और अंदर के अच्छा दिखे इसके बीच में हम एक सर्कल बनाएंगे शॉर्टकट करके कंट्रोल आधा पाइज आप यहाँ से सर्कल भी कर सकते हैं सर्कल बना दिया हमने इसको अलाइनमेंट कर देंगे सीट के साथ और, और के साथ सिलेक्ट करके अलाइनमेंट यहाँ से कर देंगे हम इसे पूरा फिल कलर कर देंगे येलो इसको ऐसे ट्रैक भी कर सकते हैं सिंपली अब हमें क्या करना है अपनी स्क्रीन छोटी करनी है जेड एंड ऑल्ट करना है फोर को लेना है ऑल्ट के साथ राइट की साइड ले जाना है और फिर राइट क्लिक कर देनी है ये डबल हो जाएगा शायद लेफ्ट लेके जाना है और राइट क्लिक कर देनी है फिर इन दोनों को लेना है फिर सेंटर में ऐसे ही और टेन राइट क्लिक सो पहले बॉक्स दोबारा से बता देते हैं फ्लावर सॉरी पहले बॉक्स पकड़ेंगे के साथ और जस्ट हमें क्या करना है कंटोल और सेवन ये तो हमारा आर्ट हो गया आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है इसे टू पेज अभी आप इसके ऊपर ये हमारा बॉर्ड पेपर बन गया है आप इसी तरीके से कोई भी डिजाइन बना के यूज कर सकते हैं मैसेज जो भी आप जाए टेजी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और अभी हम टैक्स को करेंगे टैक्स को हम डिजाइन भी दे सकते हैं डिजाइन देने के लिए यहाँ पर फोन आपके पास काफ़ी सारे दिए तो आप कोई भी फोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं थोड़ा दिखिए इसलिए मैं इसको वाइट कलर कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए तो से फोल्ट मिल जाएंगे और अपने कोई भी डिजाइनिंग फोन आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास जो हो आप उसे भी कर सकते हैं इस तरीके से आपको वन बाय वन बहुत तो अच्छे अच्छे फोल्ट मिल जाएंगे फोन पे आ रहे हैं तो आप हिंदी में मैसेज लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। अभी हम थोड़ा मोटे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वीडियो बनानी है वो वीडियो में दिखना चाहिए आप तो अपनी मर्जी से कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं तो इसको भी थ्री डी दे सकते हैं है और आप भी डिजाइन बनाए आइडिया ये ले कोई भी डिजाइन बना सकते हैं जैसे आपको पसंद करें फ्लावर भी रख सकते हैं थ्री में जो भी आपको अच्छा लगे आप बनाइए प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू